की जांच करो सर लास्ट की तो किडनी गायब है इसका मतलब समझे दया इसकी गर्लफ्रेंड ने जरूर आईफोन इलेवन मंगा होगा <laughs>